तुम आ रहे हो पी रहे हो क्या कोई कैमरा तो खराब नहीं है ना में तो तो को जोर। दम धमकी दे रहे हो क्या फर्स्ट मैंने अपने के लगे तो लाइक और एक समझ लो क्या है तो सीन ये है कि जो मेरे साथ बैठा है ये है मेरा दोस्त प्रांजल और प्रांजल इस प्रैंक में मेरी हेल्प करने वाला है तो जिस लाइब्रेरियन को हमने प्रैंक करना है वो जहां हम बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में बैठता है तो प्रांजल एड करेगा एज अ डिसेंट स्टूडेंट और जाके उस लाइब्रेरियन को कंप्लेंट करेगा कि मैं दारू पी रहा हूँ और फ़ोन पर गंदी गंदी गालियाँ भक्के उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बस फिर ड्रामा चालू और एक चीज़ और जहाँ हम बैठे हैं उस सीट पर एक ग्रुप बैठा था तो उस ग्रुप को हमने रिक्वेस्ट करके हटाया हमने उन्हें बताया कि हमें एक प्रैक वीडियो शूट करना है एंड हमारे कैमरा के सेटअप के हिसाब से ये सीट परफेक्ट है तो उन्होंने बोला कि हमें भी देखना है और फिर वो हमारी सीट के साइड वाले सोफे पर जाके बैठ गए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा सो कंटिन्यू विद द वीडियो नहीं तो दिखा दो कुछ नहीं तो क्या दिखा दिक्कत दिखाने कुछ नहीं तो डटना क्या क्या है क्या नहीं क्या दिक्कत है दिखाओ क्या में कुछ नहीं है भाई तो कुछ नहीं दिखा दो तो, क्या दिक्कत है दिखाने में दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है दिखा दो क्या दिक्कत है कुछ नहीं है दिखा दो तो कुछ नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना नहीं है तो अच्छी बात है कुछ नहीं है दिखाओ दिखाने रहिए तो आम मुझे ये दिक्कत क्या दिख रहा है दिखाना दिखा सर आप बैठो सर जी मैं ना बस मैं समझ रहा हूं बताओ क्या और बेडरूम से एक मिनट बैठो थैंक यू और बेडरूम से बता दो बता दो बता दो बता दो क्या बताओ क्या दिक्कत है क्या है है तो तो कुछ नहीं ले ले रहे सर बोतल में तो देख लिया तो है क्या बताओ तो उसमें नशा है फसा है क्या है सुना क्या है बता दो क्या देखो तो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ बताओ तुम्हें तुम्हें गिरफ्तार करने तो नहीं आ रहा है कौन सी है।, है दारू देसी पलट कर दिखाओ क्या है तो ये यहाँ पीने की जगह है अब तो मैं क्या बैठूं मैं अरे मिनट बैठो ये तुम्हारी जगह है बारह मिनटी में दुनिया दबके पड़ी सत्तर बोतल क्या दिक्कत है बताओ ये, ये जो तुम कर रहे हो ठीक है ये गलत है अरे तो तुम बैठो जो तुम कर रहे हो ठीक है मैं कह रहा हूँ जो तुम तो ये कर है, है तो ये तो ये तुम हो, रहे हो ठीक तो है गलत ये कह रहा ना तो को कुछ यहाँ नहीं बैठना आप रहे हो? तो आराम से बोलो तुम जो कर रहे हो यहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला पैर ठीक है चला मैं मैं अभी थोड़ी देर में चला श्टाप श्टाप को तो को बाहर जाओ यहाँ ये नहीं है को so guys, है जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था लाइब्रेरियन साहब इस वक्त उन्हीं को जाके कह रहे थे कि पता नहीं कौन है यहाँ बैठा हुआ है दारू पी रहा है समझा रहा हूं इसको समझ नहीं रहा है तो आओ एक मिनट। तो तो था। था। अरे मुझे मैं जवानी है हम पिला ना ना ना बोलो बात करो दूर से बात करो मैं क्या बाहर जाओ अपने आराम से बैठो यार लाइब्रेरी में नहीं बैठो बस ये मैं तुमसे रूम बुक कर लो रूम है बर्बाद कर सकते हो फीस भी दे रहे किस चीज की फीस तुम्हें किसी का डर ना है तो फिर जाओ, ए, बुक करो, लेट और कोई बात है नहीं वो जिंदगी तुम्हारे हाथ में बात होती है कर है भाई तो भाई तुम कंप्लेंट करो मुझे ऐसे करा उससे बोलो क्या लगा हुआ कुछ नहीं तुम अभी बाहर जाके बैठ तुम्हें छोटे भाई के नाते बोल रहा हूँ जो धमकी दे रहे हो क्या मैं कहा धमकी दे रहा हूँ मैं कह रहा कि तुम बाहर बैठ आप धमकी दे रहे हो क्या मैं धमकी क्यों दे रहा हूँ धमकी वाली वाली बात बात ही नहीं तुम धमकी बोला कुछ मैंने ही बोला बाहर जाके बैठ जा परेशान था घर जाके क्या होगा होना तो सारा यही है क्या होना है तो तो माहौल भी खराब खराब होता है है से नहीं, होता। नहीं।, नहीं।, नहीं। <laughs> थी तो ठीक है मैं बोला गलत <laughs> मेरा कोई कोई आगे सेंस है है है बात तो तो संस्कार नाम चीज होती है रही। तो पुछ पुछ मैं पेपर तो तो ही अब आपको क्या लड़का चला गया बेटा गलत है गलत है बेटा होता तो है क्या गा गा। जो भी हमें कुछ करना नहीं अच्छी बात थोड़ी अगर सर यहाँ कोई बैठा थोड़ी है आगे। आगे। तो ये सीट पर तो कोई और बैठ जा वगैरह मैं इसको कभी नहीं बैठाऊंगा और भी लेके बैठ सकता हूं तो शायद है हां अब स्किंग हो 1% सभी आपको लग रहा हो गया वोमिटिंग के फॉर्म कैसे पता चलता है दोस्तों अभी भी अगर पी रहे आदमी गिरता पड़ता दिख जाएगा आपको ना ना ना कभी भी बॉडी है रेड कलरिंग अच्छा हमको सिका रिया है अरे कड़ होता है डॉक्टर का अपना भी अच्छी बात तो शाम को भाई तुम जाओ यारे तमाशा कर दिया हम तमाशा नहीं कर रहे हैं तुम भाई चोड़ा भाई कह रहे हो तुमने कोई बंदा बैठ जाए अपनेकेलेगा बोला करेंगे बताओ अगर जाए तो तुम आई जाए चले जाओगे न कोई कम्प्लेंट आया A few moments later. Huh? Who's supposed to investigate? Who's supposed to? BPS. Hello. Who is it? Physical education. Hello. Hello. We are all going to the house. I said, "I'm investigating. Tell me what you're going to do." Recording, is it? Is the girl coming? चल रही है। hmm. ये तो वा, नहीं जा एक बार देख के आ। डिस्लोज <laughs> कर दिया जी हाँ तो इस वक्त प्रैंक डिस्क्लोज कर दिया गया है जब उस लाइब्रके डिस्कस कर रहे थे कि चलो इसके को बुलाया जाए तभी वो ग्रुप जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उस ग्रुप को पता नहीं क्या चल उठी उन्होंने जाके लाइब्रेरियंस को डिस्क्लोज कर दिया खैर प्रैंक तो हो गया डिस्कलोज हम करें या कोई और की फर्क पहा है <laughs> तो में में लोकल फसा रहा तू <laughs> है? <ने भी। laughs> मैं थोड़ा समझ तो थो रहा मगर दिमाग तो में तो तो लेना उल्टा बोला तो भाई यार देखो हम नहीं चाहते जो गार्ड आते होता हल्ला समझे हल्ला होता है तो मैं नहीं चाहता कभी कभी फिरंग और मजाक भारी पड़ जाता है ये की हो रखियो हम खुद भारी पड़ रहा मजाक कर रहा मजाक भारी पड़ जाता है चलिए चल। चल। इसमें क्या पानी है अब जा। <laughs> <laughs> है no, जा पियो कुछ और बन जाएगा फिर ओके अगर यहाँ तक वीडियो देखी लिए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नहीं करोगे तो वेस्ट टचिंग प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल्स चल तू भी क्या याद रखेगा मौका मिलने पे कौन छोड़ता है यार आईपीएस सामने रिस्क नहीं लेना था मेरे पास क्यों सो रहे हो डालो आ जाएगा मोटा है नहीं जाएगा ऐसे चूतिया प्रैंक चैनल्स को सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे और तुम्हारा भाई पीछे रह जाएगा तो सब्सक्राइब कर दो यार ओके बाय